दे दो, वरना ये की गोली तेरे पैं दे दे देखना। तुम बिंदु में नहीं से में, में, में खाऊंगा। तो मैं रिपीलिंग नहीं नहीं समझ सकती। मुझे मुझे लगती है, है इसकी लत लत। लग गई इसे इसे छोडूंगा। तुम्हें छोड़ना पड़ेगा तुम्हें इसे छोड़ना पड़ेगा। भीमल खा के तुम क्या करोगे तुम्हें इसे छोड़ना पड़ेगा सुनो हेलो। हेलो प्लीज मत रखना। क्या तुम्हारे पास एक पैकेट बीमल का पड़ा है हो तो बता दो बता दो सुनो मेरी बात। मुझे बीमल खानी है मुझे खानी है तुम दे दो ना मेरे को प्लीज चाहे तुम कुछ भी ले लो और मुझे भी मल दे दो दे दो